मैं पूरे 100 परसेंट दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये चाहता हो कि मैं लोगों से दब दबके रहूँ मैं अपने लाइफ में फ़तेह हासिल न कर सकूँ मैं कभी खुश ना सकूँ नहीं ऐसा कोई नहीं चाहता बल्कि ये चाहते हैं कि मैं भी खुद को उस जगह पहुँचा दूँ जहाँ बस खुशियाँ ही खुशियाँ हो सब चाहते हैं कि मुझे भी अचीवमेंट मिले पर सब सक्सेस नहीं हो पाते पता है क्यों बस एक ही कारण है और वो है आदत कि आपकी आदत बुरी है या फिर अच्छी अगर आपकी आदत अच्छी है तो आप वो सब कर सकते हैं जो करना चाहते हो यदि आदत बुरी है तो कभी सक्सेज और लाइफ में अचीवमेंट पाने की उम्मीद मत करना क्योंकि अच्छी आदतों से ही लोग सपने पूरे करते हैं अगर आपको अपने ऊपर यह भी लगता हो कि मैं कुछ बदल नहीं सकता मैं लोगों की तरह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता तो सही कह रहे हो आप आप सच में कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में जब तक अपनी आदतें नहीं बदलोगे आपकी आदतें निश्चय करती है कि आप भविष्य में कहाँ जाने वाले हो क्या बढ़ने वाले हो सक्सेज हो पाओगे कि नहीं ये सब डिपेंड करता है आपकी आदतों पर आपकी ये बुरी आदतें आपको तबाह कर देंगी और आपके इस बैड हैबिट्स की वजह से आपके सपने चकने चूर हो जाएंगे तो कैसे कुछ कर पाओगे लाइफ में जब आदतें ही बुरी है तो फ्यूचर भी बुरा ही होगा दोस्तों आपकी अच्छी आदतें आपको अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती हैं और अच्छे कर्म से व्यक्ति सफल होता है तो अपनी बुरी आदतें बदलें बुरी आदतें यदि समय पर बदली जाए तो यह हमारा समय बदल देता है तो अपनी बुरी आदतों को अभी से तफन कर दो क्योंकि बुरी आदतें नाव के पैंती में उस क्षेत्र की तरह होता है जो नाव को एक दिन को ही देंगे कि चाहे छोटी हो या बड़ी आदतों को सुधारने के अलावा आपको कुछ सुधारने की जरूरत नहीं है बस आप अपनी आदतें सुधार लें यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू हंड्रेड परसेंट कैन चेंज योर हैबिटिट्स एंड सेव योर हैबिटिट्स विल चेंज योर फ्यूचर अर्थात आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, पर अपनी आदतें तो बदल सकते हैं और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देगी बस आप अपनी आदतों को इंप्रूव कर लो शेर है कि आपकी भी फ्यूचर में गिनती सक्सेज लोगों में से होगी ए पर्सन हू कंट्रोल्स हिज हैबिट्स कैन कंट्रोल हिज फ्यूचर्स इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति आदतों से मजबूर होता है फ़र्क बस इतना है कि कोई बुरी आदतों से मजबूर होता है और कोई अच्छी आदतों से मजबूर होता है पर हमें तो आगे बढ़ना है हमें अच्छी आदतों से मजबूर होना है तभी हम फ्यूचर में कुछ बन पाएंगे और हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं और हम जो बार बार करते हैं वो सब डिपेंड करता है हमारे हैबिट्स पर और हैबिट्स तय करती है हमारी फ्यूचर तो अपनी आदतें अभी से सुधार लें मैं पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कहता हूँ कि पचहत्तर लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि कर रहा हूं मुझे अपनी बुरी आदतें बदलनी चाहिए पर नहीं बदलते हर व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि छोटी छोटी आदतें ही उन्हें कामयाब बनाने में मदद कर सकती है पर सब जान के भी वो कुछ नहीं करते बाद में कहीं किसी की सफलता की कहानी पढ़ ली या फिर कहीं किसी के बात से मोटिवेट हो गए कि लाइफ में कुछ करना है सक्सेस होना है तो ये सब सुन के वो बस कुछ छड़पल के लिए मोटिवेट होते हैं और अपनी बुरी आदतें छोड़ने के लिए ठानते हैं सोचते हैं कि कल से सब करूँगा पढ़ूँगा कल से डेली सुबह उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, सब करने की ठान लेते हैं पर उनके लिए कल का कल ही रह जाता है पता है क्यों क्योंकि वो देर से नहीं ठानते देर से नहीं सोचते अगर आदतें बदलनी ही है तो कुछ पल के लिए मत बदलूँ जब आदत बदल ही रहे हो तो तब तक बदले रहो जब तक सक्सेज न हो जाओ कोई फायदा नहीं है पल भर के लिए आदत बनाने की जब फिर से वही बुरी आदत हो कि पर चलना हो तुम्हें बुरी आदतें छोड़ने के लिए मजबूत बनना पड़ता है त्याग करना होता है बुरी आदतें छोड़ने के लिए हमेशा किसी न किसी अच्छे काम में व्यस्त रहें बुरी संगति तुरंत छोड़ दें क्योंकि गलत आदतों का निर्माण बुरी संगति के कारण ही होता है मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान होता है जो गर्म होता है तो हाथ जरा देता है और ठंडा हो तो हाथ काला कर देता है अपने ज़िंदगी में छोटी छोटी बुरी आदतें जैसे झूठ बोलना चोरी करना लड़ाई करना यह सब त्याग कर दें अल्कोहल स्मोकिंग और ड्रग्स ये तब छोड़ दें यदि गोल सेट करना है अचीवमेंट पाना है तो छोड़ दें बुरी आदतें तब अपने लाइफ में संपन्न हो पाओगे अन्यथा भविष्य में पछताने और आंसू के सिवा कुछ नहीं होगा